नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मसालादार फूलगोभी का सब्ज़ी मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए बेल बटन को तो जरूर दबाइए नोटिफिकेशन जाते रहेंगे आप लोगों के पास चलिए अब शुरू करते हैं फूलगोभी का सब्जी बनाने के लिए हमने एक बड़ा साइज़ का फूलगोभी लिए हैं उसको मीडियम कट के बीच में दो कट लगा के रखे हैं जो मसाला अंदर तक पहुंच जाए चलिए अब अभी गरम पानी कर लिया हमने अभी गरम पानी में हम जो काटे हुए फूलगोभी है वो डाल के रखेंगे गोभी को हम पाँच मिनट तक ऐसे ही गरम पानी में भिगो के रखेंगे इसका जो गोभी का जो कच्चा खुशबू होता है वो निकल जाएगा फूलगोभी को जब तक गर्म पानी में भिगो के रखें तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं फूलगी का मसाला बनाने के लिए हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और दो प्याज़ ये हम पेस्ट बना लेंगे साथ में लिए हैं टमाटर दो ये दो टमाटर को हम पेस्ट बना लेंगे अलग से अभी मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले चुके हैं कढ़ाई गर्म हो चुका है अभी इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल अभी गर्म हो चुका है इसमें हम खरा गरम मसाला डालेंगे तो पहले हमें एक साबुत लाल मिर्च डाले हैं साथ में इलायची दो लौंग और दार चीनी तेज पत्ता और साबुत जीरा अभी डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट अभी इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट अभी चलाते रहेंगे इसमें डालेंगे अभी एक चम्मच नमक नमक तो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर अभी इसको चलाते रहेंगे अभी मसाला को हम ढाँक देंगे ढाँक के एक मिनट तक मसाला को हम फ्राई करेंगे गैस को लो मोड पे ही रखना है अभी ढक्कन निकाल लिए हैं अभी मसाला को हम ऑयल निकालने तक ब्राउन कलर होने तक ऐसे ही चला चला करके हम पकाते रहेंगे अभी मसाला हमारा पक चुका है अभी हम डालेंगे इसमें गोभी गोभी के, के, के साथ अभी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह। गोभी और मसाला एक साथ हम मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह अभी इसको ढक्कन लगा करके एक मिनट तक हम पकाएंगे और गैस का लो मोड पे ही रखना है एक मिनट हो चुका है अभी ढाकन को निकाल लेंगे और थोड़ा सा चलाते रहेंगे अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हमारा गभी का जो सब्जी है वो हो चुका है अभी इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी और हरी धनिया पत्ता काट के डाले हैं इसको अच्छे तरह भी मिक्स कर लेंगे अभी इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और मिला लेंगे अभी गभी का सब्जी को हमने दूसरा बर्तन में कढ़ाई से निकाल के डाल लेंगे बहुत टेस्टी बना है देखिए और बढ़िया कलर भी आया है आप लोग भी मेरा रेसिपी देख के बनाया करिए और मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट भी करा किया करिए आज के लिए इतना ही नमस्कार आगे भी नया नया रेसिपी लेके आते रहेंगे